ये लम्हा भी गुजर जाएगा ये दर्द सीने में ही दब जाएगा आज परेशान हूँ कल सुकून आएगा रब मेरा भी है आखिर कब तक रुलाएगा